नमस्कार आप लोगों का टॉपलाइन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है आज लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नौली इच्छा दस पांच की प्यारे बच्चों आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है प्यारे बच्चों और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा पूछ रहा निर्धारित कीजिए निर्धारित कीजिए कि निम्न में से कौन से समकोण त्रिभुज है भैया अब हम आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज पहचानने का गजब का तरीका है पहचान लो कि इन इनमें से सबसे बड़ी कवन है सात बड़ा है चौबीस बड़ा है पच्चीस बड़ा, है, बड़ा है, कौन बड़ा है 25 बड़ा है ना भैया कौन बड़ा है पच्चीस बड़ा है तो भैया जब पच्चीस बड़ा है ना तो ऐसा समझो कि इनका वर्ग इनका वर्ग यदि इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो समझिए कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं है वरना नहीं है फिर से एक बार ये रामबाड़ है पहले सवाल के लिए भैया लिख लीजिएगा कहीं पर दिमाग में नोट कर लो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर ब, बची दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि ऐसा कंडीशन होता है तो समकोर है और अन्यथा नहीं चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर की तो भैया सबसे फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें उसका हल करेंगे तो सबसे बड़ी भोजा है 25 सेंटीमीटर क्या 25 सेंटी मीटर, मीटर। बराबर फिर उसके बाद ये वाले हैं 24। फिर सात है यदि इनका वर्क करोगे तो भैया 625 आएगा इनका वर करेंगे तो पांच उनका वर करेंगे उनचास जोड़ देंगे तो 625 625 दोनों पक्ष बराबर हो गए अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या लिख सकते हैं अतः यह समकोण त्रिभुज है बस यही आपको बताना है बस और कुछ भी नहीं करना है सेकंड नंबर क्या भरा तीन आठ छह सेकेंड नंबर चेक कीजिए सबसे बड़ी भुजा कौन है आठ आठ का वर्ग इक्वल टू फिर छ का वर्ग प्लस तीन का वर्ग छत्तीस और तीन त्रिक का नौ छत्तीस और नौ जोड़ देंगे तो पैंतालीस आ जाएगा और ये चौसठ आएगा भैया ये दोनों नॉट इक्वल है जब दोनों नॉट इक्वल है लिखेंगे चूंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है दोनों पक्ष बराबर नहीं है अत अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है आइए हम बात करते हैं थर्ड नंबर का थर्ड नंबर क्या करा भैया सबसे बड़ी भुजा पहचानिए सबसे बड़ी भुजा सौ है कौन है सौ सौ का वर्ग फिर कौन है अस्सी का वर्ग फिर कौन है 50 का वर्ग चलिए बुरा करते हैं 100 का वर्ग करेंगे तो दस हजार आएगा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों दस हजार अस्सी का वर्ग करेंगे तो चौसठ आएगा 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 आएगा चलिए जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे डबल जीरो पांच चार नौ छह दो आठ तो लगभग नवासी सौ आ रहे न कि दस आ रहा है तो प्यारे बच्चों ये दोनों नॉट इक्वल है ये दोनों नॉट इक्वल है अतः लिख देंगे अतः यह यह समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज नहीं नहीं है, है। अतः हो प्यारे बच्चों तीसरा। उम्मीद है कि आपको यह पहले और दूसरे और तीसरे सवाल को भी आप समझ लिया होंगे तो चौथा सवाल हमारे यूपी बोर्ड की प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चिया ये इन चौथे सवाल का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे कि सर जी ये जो है त्रिभुज है या नहीं है आपका आपके रिप्लाई का इंतजार किया जाएगा प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो की तरफ प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है भैया पी क्यू आर एक संकोर त्रिभुज है पी क्यू आर एक संकोर त्रिभुज है जिस पर जो QR है जिस पे जो QR है वो बिंदु यम पर इस प्रकार स्थित है QR QR QR QR पर बिंदु यम बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि PM PM लंब है QR पर PM लंब है QR पर अर्थात दिया है दिया है कि ये जो PM रेखा है क्यू आर पे क्या है लंब है क्यू आर पे क्या है लंब है तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है प्यारे बच्चों एक नहीं प्रश्न कुछ और लिखिए और लिख के आइए सिद्ध करना है पीएम का वर्ग बराबर क्यूएम इंटू एम आर एकदम हलवा वाला सवाल है प्यारे बच्चों ध्यान से लिखेगा अब हम करते क्या यही हमको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमने कहा यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए यदि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे अब देखो समरूप कैसे होंगे ये मान लीजिए ये भी नब्बे ये भी नब्बे एक एक कोण बराबर हो गया फिर दूसरा आप बता दीजिएगा कि ये जो इनकी ये वाली भुजाएँ हैं ये वाली भुजा ये कौन सी भुजा हो जाएगी कि बच्चों कॉमन हो जाएगी उभयिष्ट हो जाएगा इधर का एंगल और इधर का एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो कौन सा नियम लग जाएगा ए एस समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर आग, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे त्रिभुज बच्चों त्रिभुज क्यू त्रिभुज पी त्रिभुज पी तथा अगला जो त्रिभुज है पी तथा त्रिभुज पी एक दूसरे के समरूप है भैया एक दूसरे के क्या है समरूप है जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है तो इनकी संगत जो भुजाएं हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी तो मान लेते हैं ये छोटे वाले त्रिभुज की ये लंब है और इनकी ये क्या है आधार है तो इधर की PM बटे क्या हो जाएगा क्यूएम बराबर पीएम बटे मतलब आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा क्या लिया गया देखिए क्या PM, PM का अनुपात किससे लिया जा रहा है प्यारे बच्चों इधर देखिए इधर पीएम का अनुपात लिए हैं तो इधर हम लोग क्यूएम का लिए हैं ठीक अब हम करते क्या है अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों अगली बार क्या करेंगे कि ये पीएम का अनुपात लेंगे क्या करेंगे ये पीएम का अनुपात लेंगे और किसका लेंगे एम का अनुपात लेंगे तो क्या करेंगे पीएम बटे क्या कर देंगे बच्चों इधर देखिए पीएम बटे क्या लिख देंगे एम मतलब इधर की लंब इधर का आधार इधर का लंब इधर, इधर का आधार इधर का लंब इधर का आधार इधर का लंब और इधर का अनुपात दोनों आपस में बराबर है भैया क्यों CPCT यानी हम दोनों इन दोनों इन त्रिभुज को समरूप समरूप से सम्रूप हैं इसलिए ऐसा हो सीपीसी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा PM गुड़े एम हो जाएगा और PM गुड़े क्या हो जाएगा QR देखिए PM पीएम गुड़े MR और PM गुड़े क्या हो जाएगा QM आपको चाहिए क्या Qm इंटू एम आर क्यूएम इन एक तरफ होने चाहिए तो Qm इन टू किस कंडीशन में आएंगे प्यारे बच्चों थोड़ा सा, सा समझिए कि यदि आपको ये चीज चाहिए तो हम करते क्या है भैया इनको उलट देते हैं यानी ये चीज ऊपर चली जाए और ये चीज कहाँ आ जाए नीचे आ जाए तो दूसरा तब हम कह सकते हैं कि कुछ किया जा सकता है प्यारे बच्चों यानी इनको इधर की तरफ कर देते हैं इनको इधर की तरफ और आया पीएम बटे क्या हो जाएगा क्यू हम और यम आर ऊपर चले गए और पीएम नीचे आ गए क्यों क्योंकि मुझे इस प्रकार का लाना था तो भैया इन दोनों को हम गुड़ा कर देते हैं तो पीएम का वर्ग हो जाएगा और उधर गुड़ा कर देंगे क्यूएम इन टू आ जाएगा इस प्रकार प्यारे बच्चों ये जो सवाल है वो आपका क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है आप इन दोनों का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर तीन की तो प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर तीन है वो क्या करा कि दी गई आकृति में ए एक समकोल त्रिभुज है ए बी एक क्या है समकोण त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है दर्शाइए कि फर्स्ट पोर्शन ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इनटू बी डी तो सबसे पहले यदि हमको यह चीज प्रूफ करना है तो देखना पड़ेगा कि ये भुजाएं कौन सी त्रिभुज में आ रही है तो देखिए कहां पर आ रही है AB, BC को अगर इधर ले जाए तो AB बी बटे बी तो AB और BC तो AB और BC एक हो गया और AB और BD, BD बी किस में आ रहे हैं प्यारे बच्चों जो BD है वो पूरा यहां से लेके यहां तक आ रहा है यानी हमको कौन सा त्रिभुज लेना है जानते हैं हमको त्रिभुज लेना है भैया B D A और उसके बाद A A C B इस बात को ध्यान देना कौन सा लेना फर्स्ट पोर्सन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज B डी A त्रिभुज B, B D A तथा त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी त्रिभुज ए सी बी में यदि हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें प्यारे बच्चों तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है क्यों समरूप है क्योंकि ये और ये ये और ये दोनों कोड़ आपके नब्बे है और दोनों कोण नब्बे है साथ में ये एक उभयनिष्ठ है तो लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों क्या लिखा जा सकता है कोण ए बराबर कोण सी क्यों बराबर है क्योंकि भैया समकोण है क्या है समकोण है अब आगे हम बात करते हैं कोण भी दोनों में उभयनिष्ठ है कोण भी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है तो हम कौन सा नियम लगा सकते हैं प्यारे बच्चों ए ए, ए, ए, ए समरूपता नियम से एंगल एंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज कॉमन त्रिभुज बी डी ए समरूप है त्रिभुज ए सी बी के जब ये समरूप है तो समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा अब मुझे जो सिद्ध करना है उस हिसाब से हम संगत अनुपात लेंगे ध्यान देना यही तो चालाकी करना है आपको ए बी का वर्ग मतलब क्रास के हिसाब से हमको ए बी लाना देखिए पहले हम क्या लिखते हैं ए बी ए बी यानी इस त्रिभुज का आधार लिए है बड़े वाले त्रिभुज का और छोटे वाले त्रिभुज दोनों का आधार लिया गया है तो ध्यान से देखिएगा अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं या क्या लाना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा अब हमारा BC इंटू बी डी कहां पर है BC ये है अर्थात BC आपकी ये है और BD आपकी ये है BC आपकी ये है प्यारे बच्चों BD आपकी है तो एक बार हम लिखते हैं AB बी बटे BC सी बटे बी ध्यान से ए BC, यानी इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की BC. अब इस त्रिभुज की AB और बड़े वाले त्रिभुज की BD बराबर होगा BD डी बटे AB. बी बटे ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें AB का गुना AB से कर देंगे AB वर्ग और इधर BC इंटू क्या आ जाएगा BD. तो फर्स्ट पोर्शन में आपको यही सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि ए बी का वर्ग बराबर बीसी इंटू बी डी एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं यार बच्चों, यहां पर आपको क्या करना है जानते हैं यहां पर आपको वो ही बुझाएं लेनी है जो समरूप जो आपको यहाँ एबी का वर्ग तो एबी का वर्ग कब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में आएंगे ना तब ही तो ए -बी ए बी बी का गुला करेंगे तो एबी का वर्ग आएगा अब तब मैंने किया क्या एक बार ए बी का अनुपात इससे ले लिया और एक बार एबी का अनुपात उससे ले लिए बस वही किया गया देखिए आ गए हैं अब हम सेकेंड पोर्सन की बात करेंगे प्यारे बच्चे इसके सेकेंड पोर्सन का सेकेंड अब सोचिए कि अब मुझे कौन सा त्रिभुज लेना है अब बीसी और डीसी बी और डी यानी इन दोनों त्रिभुज को लेके चलना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए समरूप है त्रिभुज ए त्रिभुज ए ये दोनों एक दूसरे के समरूप है तो जब समरूप है जरा सा बता दीजिए समरूपता का नियम क्या कहता है अब देखिए फिर से मैंने आपको कहा कि आपको वही लेना है तो एसी इधर चाहिए बीसी ना तो एक बार ए का अनुपात बी से एक बार ए का अनुपात सी से तो ए सी बटे बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सी डी बटे ए सी बटे ए क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए का गुड़ा एसी से AC बराबर बी सी इंटू क्या आ जाएगा सी ये हो गया आपके सेकंड पोर्शन कंप्लीट अब थर्ड पोर्शन की पारी है थर्ड पोर्शन क्या करा एडी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे सोचिए यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेना है और उसके बाद ये वाला त्रिभुज लेना है बड़ा वाला पूरा यानी त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज ए सी डी जब ये एक दूसरे के समरूप है तो समरूपता का नियम लगाएंगे समरूपता का नियम क्या होगा प्यारे बच्चों एक बार फिर से ध्यान देखिएगा ध्यान से देखिए तो एडी बटे बीडी एडी बटे बीडी एडी का अनुपात हम लेंगे बी से एडी का अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा अब हमको अगली साइड चाहिए सी तो सी बटे क्या लिख देंगे ए डी बटे ए क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए का वर्ग बराबर आ जाएगा बी डी क्या हो जाएगा सी तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट हुआ एडी का अनुपात बी डी से सी डी का अनुपात AD, AD से यानी ये वाली भुजा इससे और पूरी भुजा इससे तो आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा इस प्रकार आप तीसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर चार की क्या करा ट्रेंगल ए बी सी एक संदिभाव त्रिभुज है अर्थात भैया ए सी और बी सी बराबर है दिया है एसी जो है वो बी सी के क्या है बराबर है जिस तथा कोण C जिसका कोण C क्या है समकोण है कोण C बराबर 90 तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों सिद्ध करना है एबी का वर्ग एबी का वर्ग बराबर टू एसी का वर्ग अब बताओ कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है परंतु परंतु प्यारे बच्चों ये नब्बे है तो यहां लंब नहीं होगा ये हो जाएगी कर्ण वाली भूजा और ये एक लंब मान लीजिएगा और एक क्या मान लीजिए आधार तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज A C B में पाइथागोरस प्रमेय से पायथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कर्ण का वर्ग यानी बीसी का, मतलब का, का, का वर्ग ए भैया एसी की वैल्यू तो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं परंतु यहाँ एक बताया गया एसी आपस में क्या है बराबर है बीसी के मतलब हम BC के स्थान पे AC रख सकते हैं चलिए रख दिए आप बताइए AC का वर्ग AC का वर्ग जुड़ के हो गया 2AC का वर्ग अब ये AB का वर्ग आ गया तो शायद यदि आप मिला पा रहे होंगे तो यही आपको सिद्ध भी करना था प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर तीन और चार दोनों कंप्लीट होते हैं आप इनका तो प्रश्न नंबर पांच का प्रश्न नंबर पांच क्या कर रहा है एबीसी एक संदिबा त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी मतलब ए सी और बी सी जो दोनों भुजाए हैं वो दोनों आपस में बराबर है यदि एबी का वर्ग यदि एबी का वर्ग AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग तो सिद्ध कीजिए कीजिएगा जब, जब ये, ये, ये तब समकोण त्रिभुज होगा जब ये पायथागोरस प्रमेय के नियम से पायथागोरस प्रमेय के नियम से इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गो के योग के क्या हो जाए बराबर हो जाए तो प्यारे बच्चों जब ऐसा सवाल आपको दिया है तो यहां से स्टार्टिंग करेंगे ये आपको जो दिया गया क्या दिया गया है दिया है एबी का वर्ग बराबर टू एसी का वर्ग क्या हम ये चीज लिख सकते हैं यहां से क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एसी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग ए सी एसी जोड़ देंगे तो भी टू एसी का वर्ग आ जाएगा बिल्कुल हो सकता है अब हम जानते हैं कि जो ए है वो ए के बराबर है ये आपको दिया है। एसी जो है ए के बराबर नहीं बल्कि बीसी के बराबर है किसके बराबर है? प्यारे बच्चों तो के। तो एक को हम बदल देते हैं तो यहां बी रख देते हैं प्लस एसी का वर्ग तो ये देखिए बराबर ए का वर्ग पाइथागोरस प्रमे के विलोम से पायथागोरस प्रमे के विलोम से यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग दो त्र... भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होगा तो लिख देंगे विलोम प्रमे से प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है एक ट हो गया आपके अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर छ का प्रश्न नंबर छ क्या कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं टू ए है मतलब एबीसी समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक की जो भुजाएं है ना वो टू ए के बराबर है टू ए टू ए टू ए टू ए सब है अब कह रहा है उसके शीर्षलंब की लंबाई तो शीर्षलंब ए डी है शीर्षलंब क्या है एडी है अब शीर्ष लंब एडी बी सी को बराबर भागों में बांट दे रहा चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है डी बी सी का क्या है प्यारे बच्चों मध्य बिंदु है अब जब डी बी सी का मध्य बिंदु है अर्थात हम लिख सकते हैं डी डी बराबर बी डी बराबर एक बटे दो बीसी बीसी की वैल्यू हम रख सकते हैं एक बटे दो ए तो दो से दो के बराबर ए अर्थात बी के स्थान पर हम ए ला सकते हैं आगे का रहा शीर्ष लंब की लंबाई तो हम त्रिभुज ए में समकोण त्रिभुज ए में त्रिभुज ए डी बी में पायथागोरस प्रमे से पायथा गोरस प्रमे से पायथागोरस प्रमेय आता है कर्ण का वर्ग कर्ण कौन है एबी कर्ण का वर्ग एबी बराबर होता है लंब का वर्ग लंब कौन है एडी प्लस आधार है बी डी वैल्यू रखते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है टू ए का वर्ग हो जाएगा एडी कितना है प्यारे बच्चों कुछ नहीं यही तो आपको निकालना है और बी डी बी डी कितना है ए का वर्ग चलिए दो का वर्ग करेंगे तो यहां चार ए स्क्वायर आएगा यहां आपका आ जाएगा एडी का वर्ग प्लस ये आ जाएगा एका वर्ग ये इधर आएंगे तो चार ए माइनस क्या हो जाएगा a का वर्ग बराबर आ जाएगा ad का वर्ग चार a में से घटा देंगे तो तीन ए का वर्ग बराबर से वर्गेंगे तो इधर क्या लग जाएगा करणी लग जाएगा ठीक इधर से वर्ग घटाएंगे तो इधर करी लग जाएगा तीन ए स्क्वायर बराबर एडी तो प्यारे बच्चों ये करी से ए स्क्वायर कर्णी से बाहर आ जाएगा तो अंडर तीन ए हो जाएगा बराबर ए डी ठीक तो जो शीर्षलम लंग की लंबाई है वो अंडरवुडीन ए जाएगी बराबर आ जाएगी इस प्रकार आपका छठा और पांचवा दोनों कंप्लीट होता है आप इसके सॉर्ट लीजिएगा फिर आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो इस बात करते हैं प्रश्न नंबर सात का क्या कर रहा है सिद्ध कीजिए कि की एक समतुर्भुज दिखाया गया आपको सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग अर्थात भुजाओं के वर्गों का योग ये विकर्णों के योग के बराबर होता है विकर्णों के वर्ग होना चाहिए था यहाँ पर विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है वर्गों के योग के वर्गों के, के योग के बराबर होता है ये आपको प्रूफ करना है तो यानी आप सवाल को समझिए पहले तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं समान हो वो सम होता है तो भैया समचतुर्भुज ए बी सीडी दिखाई पड़ रहा है तो क्या कर रहा है कि जिसमें आपका ए बी बराबर बीसी है बीसी बराबर सी डी है, बराबर है। यही समचतुर्भुज की पहचान होती है अब साथ में कह रहा है कि सिद्ध जो करना है ये आपको दिया है जो सिद्ध करना वो चीज लिखे हम लोग सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है पता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग यानी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर इनके बिकर्ण, बिकर्ण कौन है AC और कौन है B, का वर्ग यही है तो प्यारे बच्चों इतना लंबा सवाल देख के आपको डरना नहीं विश्वास मानो एकदम हलवा एकदम जबरदस्त एकदम मक्खन वाला सवाल है एकदम जबरदस्त आने वाला है चलिए देखते हैं कैसा आएगा है अब देखिए मैं आपको बताऊं सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज को, को, को हल करके चारों त्रिभुज में पैथागोर लगा के चार समीकरण प्राप्त करके चारों को जोड़ दीजिए ना आ जाए तो बताइएगा मुझे चलिए त्रिभुज ए, में। ए बी में त्रिभुज ए बी में त्रिभुज ए बी में अगर हम त्रिभुज एओबी की बात करें तो इसमें ए -बी आपका बड़ी हो जाएगा कर्ण। तो ए -बी का वर्ग बराबर होगा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा ए बी का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा ओए प्लस ओबी का वर्ग ओए, ओए का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा A, B का वर्क। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों क्या इतनी बातें आपको समझ आई है एक मिनट के लिए आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं क्या आपके क्वेश्चन यही करें जी बिल्कुल आपकी क्वेश्चन यही है अब यहां ध्यान देना है जो ओ ए है वो ए सी का आधा है ओ एसी का आधा है मतलब भैया ये वाली लाइन हाफ ए सी है एसी का आधा ध्यान से ये भी ए सी का आधा है एक बटे दो ए सी और ये किसकी आधी है ओ बी जो है हाफ बी डी का आधा है और ये भी हाफ बी डी है ठीक अब आप ध्यान यही चीज रखना यही चीज रखना है अब ध्यान से लिखिए भैया हाफ ए सी प्लस हाफ बी हो जाएगा तो ओ के स्थान पे एक बटे दो ए का वर्ग हो जाएगा और ए के स्थान पे एक बटे दो बीडी का वर्ग हो जाएगा क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कहीं दिक्कतें नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा अब ए का वर्ग बराबर एक बटे दो का वर्ग करेंगे एक बटे ये ए का वर्ग और ये एक बटे चार का वर्ग अब एक बटे चार अगर हम कामन ले लें तो ए का स्क्वार प्लस बी का स्क्या आ जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग समीकरण नंबर एक ये आ गए भैया ए का वर्ग क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब सेम टू सेम डिटोस त्रिभुज त्रिभुज ये तीनों है तो ऐसे इनको भी हम लिख लेंगे अब हम त्रिभुज एडी की बात करेंगे त्रिभुज एडी में अब त्रिभुज एओडी में एडी का वर्ग ए का वर्ग बराबर होगा एक बटे चार एक बटे चार सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे एक बटे चार ए का वर्ग प्लस क्या आ जाएगा बी का वर्ग समीकरण नंबर दो ऐसे ही त्रिभुज डी की बात होगी त्रिभुज डी त्रिभुज डी में क्या हो जाएगा जो डी का वर्ग है वो भी एक बटे चार एसी का वर्ग प्लस बी का वर्ग आएगा समीकरण नंबर तीन ठीक अब अगला में त्रिभुज सी में त्रिभुज बीओसी में होगा बीसी क्या होगा प्यार बच्चों बीसी का वर्ग बराबर एक बटे चार एक बटे चार ए का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग समीकरण नंबर चार ये चार समीकरण हो गए अब चारों समीकरणों को आप केवल जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों देखिए आपको न मिल जाए तो बताइएगा समीकरण एक दो तीन और चार समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार से तो अब समीकरण चारों को जोड़ देते हैं ए बी ये एक पक्ष एक तरफ जोड़ेंगे तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग बराबर अब आप देखिए इन सबको जोड़ेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो सब कुछ एक ही चीज है एक बटे चार एक बटे चार एक बटे चार एक बटे चार तो एक बटे चार एक बटे चार दो बटे चार फिर तीन बटे चार चार बटे चार यानी सबको प्लस करोगे तो चार बटे चार ए का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा बी का वर्ग भैया ये कैंसिल हो जाएगा तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग बराबर एसी का वर्ग प्लस बी का वर्ग शायद जो आपको प्रूफ करना था वो आपने प्राप्त कर लिया प्यारे बच्चों देखिए कितना गजब मक्खन के जैसा सवाल आया है देख लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कहीं भी कोई डाउट हो रहा होगा ना तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर जी मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है तो हम उसका जवाब यानी उसको आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे प्यारे बच्चों अब आगे की सवाल को कंटिन्यू करते प्रश्न नंबर आठ की तो बच्चों बात करते हैं आठ नंबर प्रश्न का क्या रहा आकृति में त्रिभुज ए के अभ्यंतर त्रिभुज ए के अभ्यंतर स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओडी लंब है बी पर यानी जो ओडी है ओडी दिखाई पड़ रहा ओडी ये बी पर लंब है ओ ई ए, ए पर लंब है और ओ एफ पर लंब है तो दर्शाइए कि ये ये ये इतना पार्ट आपको सिद्ध करना पड़ा बच्चों तो हमने रचना किया है रचना में जो चीजें किया है सबसे पहले आप वो लिख दीजिएगा पहले ओ ए ओबी और ओसी रेखा खंड खींचा है ओ ए ओ बी तथा ओसी रेखा रेखाखंड रेखा खंड, रेखा खंड खींचा क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी बिल्कुल अब हम बातें करेंगे आगे की हमको जो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है तो हम यहाँ फर्स्ट भाग लेके चल रहे हैं फर्स्ट भाग के लिए हमारे पास कौन सी त्रिभुज लेके चलना है या क्या करना है तो सबसे पहले यदि आप देख पा रहे होंगे उधर की उधर की तरफ आपको देखिए ए एफ है तो ए एफ है कहां पर एफ दिखाई पड़ रहा है बच्चों ए एफ तो ये वाला भी तो नब्बे होगा तो क्या हम त्रिभुज एओ एफ की बात करें एफ की बात करें त्रिभुज त्रिभुज एफ या त्रिभुज में कर्ण ये होगा तो कर्ण कौन होगा प्यारे बच्चों एओ होगा तो कर्ण ए का वर्ग बराबर हो जाएगा एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग एफ का वर्ग प्लस ओ एफ का वर्ग समीकरण नंबर एक हो गए क्या इतनी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए अब आप अगला देखिए बी डी बीडी कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं बी आपके सामने ये है देखिए ये ये तो बी डी कहां पर है तो आप देखिए बीडी यहां पर है तो त्रिभुज ओ में त्रिभुज ओ डी बी में ओडीबी में कर्ण कौन है ओबी है तो कर्ण ओबी का वर्ग बराबर लंब कौन है डी बी है लंब बी डी या डीबी का वर्ग प्लस आधार कौन है ओडी का वर्ग ये लीजिए समीकरण नंबर दो अब इसी प्रकार हमारे पास सीई e, तो सीई e यहां पर है तो त्रिभुज ये भी समकोण होगा तो त्रिभुज ओ सी या सीई ओ त्रिभुज सी ई में त्रिभुज सी ईओ में कौन सा कण है भैया कण आपका ओ सी है तो ओसी का वर्ग बराबर यहां दिख नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों यहां देख लेते हैं अब ओसी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब लंब कौन है ओ का वर्ग प्लस आधार आधार है ईसी तो ईसी का वर्ग समीकरण नंबर तीन अब तीनों को जोड़ देते हैं समीकरण एक दो और तीन को समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन से भैया जब तीनों समीकरण को आप जोड़ दीजिएगा तो एक पक्ष एक तरफ जुडेंगे देखिए ये आपका OA हो सकता है OA तो OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग OB का वर्ग प्लस कौन आ जाएगा OC का वर्ग बराबर अब इधर वाले पक्ष को जोड़िए आप लोग AF का वर्ग प्लस ओ आ जाएंगे ओ का वर्ग प्लस फिर बी का वर्ग कौन है प्यारे बच्चों बी का वर्ग प्लस कौन है भैया ओडी का वर्ग बी का वर्ग प्लस ओडी का वर्ग अगला प्लस कौन है ओ का वर्ग कौन है ओ का वर्ग प्लस ई का वर्ग आइए अब हम अगर प्रूफ के स्थान पे चलें तो हम देख रहे होंगे कि ओडी ओई और ओ एफ सिलेक्ट करते हैं ओडी ओई और ओ एफ ओडी ओई और ओ ये तीनों इधर की तरफ ला दे तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो ओ ए का वर्ग प्लस ये ओबी का वर्ग प्लस ओ का वर्ग बराबर अब देखिए माइनस लगाए क्यों क्योंकि हमारा जो ये ओडी है ये इधर आएगा तो भैया माइनस हो जाएगा माइनस ओडी का वर्ग फिर ये चीज इधर आएगा तो ये भी ओ e का वर्ग हो जाएगा माइनस में और ये माइनस ओ एफ का वर्ग जो बचा हुआ है उधर की तरफ लिख दीजिए तो बचा कौन है ए एफ का वर्ग बचा है और कौन बचा है भैया बी डी बचा है कौन बचा है बी डी का वर्ग और कौन बचा है ई e सी का वर्ग तो आप मिला सकते हैं आगे पीछे ई e और सीई एक ही होता है तो फर्स्ट भाग आपका क्या हो जाता है कम्प्लीट हो जाता है ये रहा आपका ये फर्स्ट भाग देखिए प्रूफ हो गया अब हम चर्चा करेंगे सेकेंड पोर्शन की इसके सेकेंड नंबर का जो सेकेंड नंबर ये करा ए एफ प्लस बी और सीई एफ e. है कहां पर एफ ए वाले तो अब हम करते क्या है प्यारे बच्चों दोस्तों हम बात करते हैं अब जो सेकेंड पोर्शन हमको प्रूफ करने के लिए कर रहा अब हम उनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास इन त्रिभुजों का मदद लेना पड़ेगा कौन से ओ बी डी ओ डीबी त्रिभुज ओ डीबी में पाथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण कौन होगा ओबी होगा कर्ण ओबी का वर्ग बराबर लंब है बी डी तो बी का वर्ग प्लस आधार कौन है भैया लंब बीडी आधार कौन का ओडी का वर्ग समीकरण नंबर चार समीकरण नंबर चार तीन तो पहले बना लिए थे ना अब उसी प्रकार हम अगली बात करेंगे ओडीसी में त्रिभुज ओ में त्रिभुज ओडीसी में कर्ण कौन है ओ है तो कर्ण ओसी का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग OD का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा DC का वर्ग समीकरण नंबर पांच समीकरण चार और पांच को घटा देते हैं भैया समीकरण चार में से पांच को क्या घटा करते हैं घटा देते हैं समीकरण चार माइनस समीकरण पांच से समीकरण चार OB का वर्ग माइनस ओ का वर्ग बराबर देखिए घटाने लगेंगे तो ओडी ओडी कैंसिल हो जाएगा ओडी ओडी कैंसिल हो जाएगा केवल बचेगा बी डी का वर्ग माइनस डीसी का वर्ग ये आ गए चारो पांच ये हो गए समीकरण नंबर छ इसी प्रकार इसी प्रकार अब हम अगले दो उन त्रिभुजों को लेकर हल करेंगे जैसे इन दोनों को हल किए वैसे अब इन दोनों को हल करेंगे वैसे इन दोनों को हल कर लेंगे तो हमारा जो पोर्सन है प्रूफ करने वाला वो प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों अब इसी प्रकार हम इसी प्रकार तो भाई जिस प्रकार आपने ये चीज निकाला है ओबी का वर्ग माइनस ओसी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग माइनस इसी प्रकार। इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुज कॉल करेंगे और इन दोनों त्रिभुज को तो भैया अब हम लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज एफ में त्रिभुज एओ एफ तथा अगला त्रिभुज बी ओ एफ में अगला त्रिभुज बीओ में आइए अब जो चीजें लिखना हम इधर की तरफ लिखेंगे उधर की तरफ अब बात करते हैं अब देखिए जैसे आपने क्या किया कि इन दोनों को माइनस किए थे तो जो सेम चीज था वो कैंसिल हो गया था ओडी ओडी उसी प्रकार ओडी उन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ था डी यहां भी था ओडी यहां भी था इसे ओडी उभयनिष्ठ, था तो भैया इन दोनों त्रिभुज में ओएफ ओएफ उभयनिष्ठ है, है, तो आने वाला नहीं है। अब कौन आएगा वो आप ध्यान दीजिए कौन कौन है, है और बी तो का, का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा एफ का वर्ग माइनस एफ का वर्ग एफ का वर्ग माइनस एफ का वर्ग, वर्ग, वर्ग। समीकरण नंबर छ बना लिए हैं सात बना लीजिएगा ठीक अब इसी प्रकार हम इस त्रिभुज की बात करेंगे एओई इसी प्रकार त्रिभुज एओई तथा तो त्रिभुज सीओई में त्रिभुज सीओई में अब एओई और सीओई में अगर हम देख पा रहे होंगे तो ओ उठा तो आएगा ही नहीं कर्ण कौन है ओ और ओसी तो ओ का वर्ग माइनस ओसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा ओ का वर्ग माइनस ओसी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए का वर्ग माइनस ईसी का वर्ग ए का वर्ग माइनस ईसी का वर्ग समीकरण नंबर आठ ठीक अब आप समीकरण छह सात और आठ इन तीनों समीकरण को घटा दीजिए अब आप सोचिए कि आपको घटाना है कि जोड़ना है तो आपके पास AF का इसका प्लस BD का स्क्या प्लस CE डी का स्क्या है। तो AF और BD प्लस सी अगर हम बात आपसे करें कि समीकरण छह और सात और आठ को घटाने से तो नहीं प्राप्त होने वाला प्यारे बच्चों तो इसलिए हम समीकरण छह सात आठ को जोड़ देंगे तो क्या इन सब चीजों को या ऊपर की इन चीजों का अगर आपने स्क्रीन शॉट लिया होगा तो थोड़ी देर के लिए मूव कर लेते हैं इनका तो लिखते हैं समीकरण छह प्लस समीकरण सात प्लस समीकरण आठ से ठीक अब समीकरण छह क्या है ये देखिए OB का वर्ग माइनस ओसी का वर्ग प्लस समीकरण सात क्या है OA का वर्ग माइनस ओबी का वर्ग समीकरण आठ क्या है OA का वर्ग माइनस ओसी का वर्ग बराबर अब इधर वाले पक्ष को जोड़िए BD का वर्ग माइनस डीसी का वर्ग वहां हो जाएगा प्लस AF का वर्ग माइनस एफ का वर्ग फिर क्या है प्लस ए का वर्ग माइनस ई का वर्ग ठीक दोनों पक्ष आपने लिख लिया और जोड़ दिए अब देखिए तो ओबी ओबी से फिर ओ सी देखिए यहां देखिए तो ये जो ये चीज आया गए कहा का वर्ग यहां होना चाहिए था ओ का वर्ग माइनस ओ, वर्ग। ओ का वर्ग ओसी का वर्ग माइनस ओ का वर्ग तो ये चीज आपका आ जाएगा OC का वर्ग माइनस OA का वर्ग अब देखिए ये माइनस ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा ये माइनस प्लस से कैंसिल तो इधर पक्ष वाला जीरो आ जाएगा अब उधर आपके सामने बचा है BD का वर्ग माइनस DC का वर्ग प्लस ए का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा FB का वर्ग प्लस AE का वर्ग माइनस EC का वर्ग अब जो चीज इधर माइनस है माइनस वाले को इधर कर दीजिए प्लस हो जाएगा और प्लस वाला उधर ही दीजिए तो आप देखिए प्लस वाला आपके पास क्या क्या ए एफ बी डी और सीई ए e. e. तो प्यारे बच्चों सीई e आपका यहां पर माइनस है तो हम इनको पलट सकते हैं इनको इधर कर सकते हैं इनको इधर कर सकते हैं अर्थात हम कह दें ऐसे लिखा जा सकता है इसको सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग ये चीज लिखा जा सकता है बिल्कुल लिख सकते हैं आप इनको बदल के आप लिख सकते हैं सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग क्योंकि हमको वो प्रूफ करना है और वो चीज आप लिख सकते हो तो यहां हो जाएगा सी का वर्ग माइनस ई का वर्ग क्योंकि अभी आपने इसको चेंज किया था ना तो इसीलिए तो सीई का वर्ग माइनस ए का वर्ग अब देखिए अब क्या करेंगे माइनस वाले पोर्सन को इधर की तरफ लाइए तो इधर आएगा तो ये डीसी का वर्ग होगा ये आएगा तो एफ बी का वर्ग होगा वो चीज आएगा तो ए का वर्ग होगा बराबर इधर बचेगा बी डी का वर्ग प्लस ए एफ का वर्ग प्लस सीई e का वर्ग और प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये जो सेकंड प्रश्न है इसका यह कंप्लीट होता है और ये रहा आपका आठवां नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट प्रश्न तो वाइज आज की लेक्चर में हम लोग केवल यहीं तक बात करेंगे और इस अध्याय का जो बचा हुआ प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले प्यारे बच्चों तब तक के लिए आप इन आठ सवालों का अभ्यास जमके कीजिएगा अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखिए इंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों थैंक यू ऑल दर स्टूडेंट थैंक यू